तू जरूरी है हर जरूरत के आजमाने के बाद तू चलाना मर्जी अपनी मेरे मरजाने के बाद तू जरूरी है हर जरूरत को आजमाने के बाद तू चलाना मर्जी अपनी मेरे मर के बाद और है सितम ये भी कि हम उसे चाहते हैं है सितम ये भी कि हम उसे चाहते हैं वो भी इतना सितम ढाने के बाद वो भी इतना सितम ढाने के बाद और हो इजाजत तो तुझे छू कर देखूं हो इजत तो तुझे छू कर देखूं सुना है मरते नहीं तुझे हाथ लगाने के बाद सुना है मरते नहीं तुझे हाथ लगाने के बाद